सिंगरौली में एक हादसा हो गया जहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए वहीं सात लोगों की हालत गंभीर है सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है सतना से बैडन आने वाली बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई बस विजय ट्रेवल्स की बताई जा रही है जो यात्रियों को बैडन सिंगरौली लेकर जा रही थी जो बरगवा थाना क्षेत्र के पास पलट गई इस हादसे में लगभग बारह यात्री घायल है और सात की हालत नाजुक है जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है हादसे की खबर लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे सड़क ना होने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं थे साहेब हम लोग मैं जा रहा था प्राइवेट जॉब में तो रात में हो गया हम लोग स्लीपर थे स्लीपर में सो रहे थे इसके बाद हम लोग सर हो गया यहाँ मोड़ में आई है तेज रही होगी बस हम लोग तो सोरे जब पलटी हल्की तब तो तो तो तो हमको तो महसूस तो तो हुआ तो है हमको तो लगा दे दे सर की घाटी में चली गई इसके बाद ये लगा रुक गई बस तो कम से कम ये बचा रुक गई बस शीसा तोड़ के निकले बाहर और छोटे नीचे वालों ज्यादा चोटे आई होंगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मस